अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए को फोटो में जूते और चप्पल दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 16। आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए